दुनिया की सबसे महंगी चाय जिसको खरीदने की अंबानी अदानी और बड़े बड़े करोड़पति के बस की बात नहीं है तो क्या खास है इस चाय में और ये इतनी महंगी क्यों है मजेदार जानकारी देंगे इससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे महंगी चाय की पत्ती की जिसका नाम है द होंग पाउ चाय जो केवल चाइना में ही मिलती है इसके एक किलो चाय का प्राइस इतना है जितने में आप दो रोल्स रॉयस या पच्चीस बी कार्स ले सकते है इस चाय के एक किलो की कीमत नौ करोड़ रूपए है तो ये इतनी महंगी क्यू है तो आपको ये बता दो की ये चाय केवल चाइना में मिलती है और और अब इस चाय के छह ही प्लांट बचे हैं और इस प्लांट से बहुत कम मात्रा में चाय पत्ती मिल पाती है